प्रदेश में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है वहीं लगातार गिरते पारे के चलते ढिन्नौरी में शिमला जैसे हालात देखने को मिले जहां सुबह लोगों को वाहनों और खेतों पर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिली प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव आए है गिरते पारे के चलते लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे ऐसे में ढिनौरी अमरकंटक मार्ग के ग्राम गाड़ा सरई से एक वीडियो सामने आया है जिसमें खेतों में और वाहनों पर बर्फ की चादर दिखाई दे रही है वहीं घरों के बाहर बर्फ की सफेद चादर देख लोग काफी हैरान हुए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज देख रहे हैं दखल न्यूज